नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही प्यारा ट्राउज़र डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं देखना बहुत ही इजी है और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा देखिए तो चलो बनाना शुरू करते हैं ये हमने सेवन इंच पे निशान लगा लिया है और इस तरह से एक एक इंच का गैप छोड़कर हम निशान लगा देंगे इस तरह से इक्वल डिस्टेंस के साथ इसी तरह से हम ऊपर से भी एक एक इंच का गैप छोड़ देंगे और ऊपर से एक एक इंच का गैप हमें एक निशान छोटा लगाना है एक निशान बड़ा लगाना है देखिए आप देखते जाइए और आप भी इसी तरह से लगाते जाइए और इसी तरह से हम नीचे की तरफ एक एक इंच का गैप छोड़ते हुए इक्वल डिस्टेंस के साथ निशान लगा देंगे अभी इन निशान पे ऐसे सिलाई लगा देंगे देखिए आपको भी बिल्कुल इसी तरह से लगाना है इसी तरह से हर निशान पे से हम सिलाई लगा देंगे देखिए हमारी सिलाई लगकर रेडी हो चुकी है देखिए अब हम इसकी एक एक सिलाई को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम बिल्कुल बारीक सिलाई लगा देंगे देखिए देखते जाइए आपको भी इसी तरह से करना है और अब आप इन सिलाई को कंप्लीट करने के बाद आप इस पर कुछ भी बटन कुछ भी अपना सामान जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं देखिए कितना आसान और कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर हमारा रेडी हो चुका है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा थैंक यू वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना